Hello everyone. Hello everyone. Welcome, Welcome back, back to our, our YouTube, YouTube channel Tech Zone.

तो आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाव भाजी चैलेंज तो क्लास मुझे बहुत टाइम से बोल रहा था आपकी मुझे पाव भाजी चैलेंज करना है तो बना के दो मैंने तो कभी पाव भाजी नहीं बनाई है तो मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ भाजी मतलब सब्जी है ना मराठी में भाजी सब्जी को बोलते हैं तो उसमें पाव भाजी में बहुत सारी सब्जियों का हम लोग यूज करने वाले हैं और पाव भाजी बहुत टेस्टी बनाने वाले हैं

I hope हाँ। कि अच्छी बने हाँ। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ अच्छी बनेगी तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और आपको, आपको भी दिखाते हैं कि है

है, तो आपे ने आपे ने ने ने लिए। तो आप देखते हैं हैं ये पास से सबसे है और जो जीतेगा उसको हारने वाले तो आपने काम कराना है नहीं मेरी तरफ इच्छा मतलब पूरा आप मुझे मैं तो चलिए करते हैं

टेस्ट देखने <laughs> बहुत टेस्टी बनाया और पूरा ना रेस्टोरेंट का फील आ रहा है घर बैठे

क्लास में टाइम मेरा हाफ से लग गया है तो आपको तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना कभी जाकर मैं मानेंगे आप दे दिया तो ये लाइट तो क्लियर है इतना भी तो नहीं हारे चलो बताओ काम अच्छा मौका है जल्दी बताओ जब मैं बोलूं मौका देना हां ठीक है आपको

मेरी सेम फोटो दो बार इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी सेम हाँ. आपकी मेरे अकाउंट पे हाँ. हाँ, और हैशटैग हैशटैग लिखना होगा मुझे चैलेंज में हरा दिया में स्टोरी लगा <laughs> और लगाना नहीं नहीं नहीं ये नहीं लगाऊंगी नहीं लगा। ओके okay. तो लेकिन सेम स्टोरी

आपकी इंस्टा आई डी की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो वहां पे जाके देखें इन्होंने अपना चैलेंज पूरा अप किया है या नहीं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो के लिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बाय बाय